देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने वाली क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है कोर्ट ने याचिका खारिज करने से पहले कहा कि पीड़ितों को पहले से ही छह गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है और अतिरिक्त मुआवजा देकर यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पर बोझ नहीं डाल सकते भोपाल गैस कांड को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस माना जाता है जिसमें लगभग पच्चीस से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी भले ही इस त्रासदी को सैतीस साल हो गए हैं, लेकिन इस में अपनों को खोने वाले अभी भी उन्हें उचित इंसाफ और मुआवजा मिल पाए आपको बता दें केंद्र सरकार ने दो हजार दस में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल किया था जिसमें गैस कांड पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की गई थी केंद्र की इस को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कोर्ट ने याचिका जाहिर करने से पहले कहा कि यूनियन कार्बोइड कारपोरेशन पर पहले ही मुआवजे का बोझ अधिक है मुआवजा बढ़ाकर उसका बोझ नहीं बढ़ाया जा सकता और पीड़ितों को पहले ही नुकसान की तुलना में करीब छह गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है अभी केस दोबारा खुलेगा तो कंपनी को फायदा होगा और पीड़ितों की मुश्किल बढ़ जाएगी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 दख न्यूज़